हेलो दोस्तों नमस्कार आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे आज मैं बताऊंगा कि अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करें वो भी आसानी से बिना किसी ऐप के कि पाँच सेकेंड के अंदर में आपको कुछ नहीं करना है अपने हाथ से मेहनत नहीं करना है आपको सिर्फ फो, फोटो को वहां पे डाल देना है और पाँच सेकेंड के अंदर में आप उस फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा आपका फ़ोटो रिमूव हो चुका रहेगा सॉरी आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ उससे पहले मैं अपना फ़ोटो बता दे रहा हूँ मैंने जो फोटो को रिमूव किया है चलिए मैं बताना स्टार्ट करते मैंने इस फोटो को ऐसा रिमूव कर लिया है आप भी कर सकते हैं वो भी पाँच सेकंड के अंदर वो भी बिना किसी ऐप के बहुत आसानी से उसके लिए आप सबको हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ आपको सिंपली चले जाना है गूगल पे या क्रोन पे मैं गूगल पे चला जा रहा हूँ गूगल पे आने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है फ़ोटो रिमूव फ़ोटो रिमूव सर्च कर देने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा यह खुल रहा है देखिए यहाँ पे यह खुल चुका है देखिए यहाँ पे यह पहला वाला जो लिंक है इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रिमूव डॉट डी जी है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा या मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा आप वहाँ से भी जाकर फोटो को रिमूव कर सकते हैं चलिए इस पे क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपली अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना पड़ेगा अपलोड इमेज पे क्लिक कर देने के बाद अपलोड इमेज पे क्लिक कर देने के बाद आप जिस फोटो को रिमूव करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा चलिए मैं गैलरी में चल रहा हूँ मैं गैलरी में आ गया गैलरी में आने के बाद मैं एक फ़ोटो को चूज कर ले रहा देखिए मैंने इस फोटो को पहले ही रिमूव कर दिया तो मैं सेकेंड दूसरा फोटो चूज कर रहा हूँ देखिए यहाँ ये वाला फोटो यहाँ पे रिमूव हो चुका है तो मैं दूसरा वाला फ़ोटो चूज कर रहा हूँ जिसको मुझे रिमूव करना है तो मैं इस फोटो को चूज कर रहा हूँ यह फोटो रिमूव नहीं हुआ है तो मैं इसको रिमूव करके बताता हूँ मैं सिम्पली इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ यह सेलेक्ट हो गया यह रिमूव हो रहा है देखिए यहाँ पर यह रिमूव हो चुका है देखिए मैंने पहले जो फोटो रिमूव किया था वो यहाँ पर है मैं चाहूँ तो इसको भी डाउनलोड कर सकता हूँ पर यह पहले से डाउनलोड है देखिए यहाँ पे यह आ चुका है फोटो रिमूव होकर देखिए मैं सिंपली इसको डाउनलोड करने जा रहा हूँ आपको इस पर नहीं इस पर क्लिक कीजिएगा डाउनलोड एचडी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा पर हमें अकाउंट नहीं बनाना है तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ डाउनलोड पर क्लिक कर के बाद यह डाउनलोड होना इस्टार्ट हो जाएगा देखिए यहाँ पर मैं गैली में चल के बता दे रहा हूँ आप सबको यह डाउनलोड हो चुका है मैं बैक आ रहा हूँ लेकिन यहां आप डाउनलोड हो चुका है इस तरह आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं बिना किसी ऐप के बिना मेहनत किए हुए चलिए हम यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है मिलते ने, हैं ने, नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद